रसम दोस्तों तो कैसे आप लोग उम्मीद है सब पिता खरीद सुनो दोस्तों इस स्टमार मौजूद है हमारी नंबर एक पे डब्ल्यू ग्यारह के आखिर स्थान राशिद सी भी मौजूद हैं तो हम बताएंगे इसका पूरे सेटअप आपको दिखाएंगे इसका एरिया भी देंगे इनके जहाँ पर पकवान सेंटर वो भी दिखाएंगे तो चैनल पर नाने वाले दोस्तों के चैनल को सब्सक्राइब करें साथ वीडियो को लाइक करें सर ये कटाई है सर अच्छा यहाँ पर यहाँ पर कट्टे हमारा तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कौन कौन से फिशेज आपकी बात है और वो मुश्किल पड़ी है सर अच्छा जी यहाँ पर फ्राई ये फ्राई के पीसीज बने यहाँ पर छिलका लग रहा है यहाँ पर ये किताब बना के फिर अंदर किचन में सफाई वफाई होकर अच्छा <laughs> बनाने में इसीलिए छिलका देखो लगा रहे कौन सी मछली है सर ये रेड स्नेपर है हीरा कहलाते ही था सही है ठीक है मयान राजी का ना सबर था अकसराजी अकसराजी का ना गया मयान जा सर ये यहाँ पर सर वॉश हो रहे हैं ठीक है देख लो कैसे हु अच्छा आपका आदि यहाँ पर सर मसाला वगैरह लगता है अभी देखो प्राउन्स को मसाला लगेगा देखते हैं लगाइए जना मसा लगाए फल से फल किस्म भी बता दें कौन से दे प्राउंड है आपके पास सर ये हमारे पास गेरा होता है सर अच्छा तो जरा भी होता है सर अपने बाल लफस्टर भी होता है अच्छा इनकी अच्छा। अच्छा। रेट कभी कुछ आएगी आपको जी रेट ने ने ने ने ने ने कितने के कि क्या किलो है सर ये चौदह सौ रुपये बारह सौ रुपये किलो सर फ्राई बारवीक्यू बारह सौ कढ़ाई चौदह सौ अच्छा जी एक किलो किलो में बढ़ जाती है बारबिक्यू और फ्राई बारह सौ और कढ़ाई चौदह सौ कढ़ाई जी अभी एक किलो का ये है। है जी सर ये एक किलो है सर एक किलो से सर आधा आधा किलो निकलता है सर साफ होके ना भाई <integral very yapmış> नहीं एक किलो से आधा किलो निकलता है सफाई के बाद जी फिश भी आ गई मसाले कौन से यूज़ करते हैं आप सर ये तैयार आते हैं सर घर से बना घर से बंद करते हैं जी टाइमिंग आपकी इस रेस्टोरेंट की सर टाइमिंग हमारी चार बजे से लेकर रात के तीन बजे तक रात तीन बजे तक जी सर तो चले आप फिश देख लो सर फिश का भी मसाला डाले अच्छा फिश भी देख लेते हैं उसको बार होल्ड कीजिएगा ताकि उसको फिर इकट्ठे देख लेंगे ठीक है फिश का अच्छा फिश का भी सेम वही एक ही मसाला जी ये नमक लग रहा है सर ये भी मसाला है आज में में जली जली और दो है अच्छा जाली में लगे जी सर ठीक है ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं आइए चाहे चलें चले ये देख लो सर ये बन रही है मछली अच्छा ये सर, ये तैयार हो चुकी है, है जी सर ये तैयार हो चुकी है फिश हैं जी ठीक है सर हटाइएगा सर दिखा के तैयार होने के बाद दिखा दीजिएगा व्यापार होता तो बस एक में ओपन करके दिखाई देखे सिंगारी था पकेला था हाँ भाई ये तो बहुत अच्छी अच्छा। ये फ्रंट यार हो गया नहीं नहीं सर नहीं है यार ये भी तैयार सर आज सर कढ़ाई आपको दिखा देता हूँ कढ़ाई वगैरह हिमाचल नहीं यार या ठीक है आवाज़ कहता है सर इसको बंद नहीं कर एक मिनट रुक रुक हटा सर हटा एक मिनट रुक रहा हाँ ये प्राउंड जनाब आगे फिश है अच्छा इसे कितनी देर में प्राउन तैयार हो जाएगा पाँच पाँच मिनट में ये तैयार होगा फिश कितनी देर में हो जाएगा दस मिनट पाँच मिनट दस मिनट अच्छा आइए चलिए आप आइए एक मिनट रोको पीछे हो जा सर ये भी कढ़ाई तैयार हो गई है सर अच्छा ये कौन सी कढ़ाई ये ब्राउन कढ़ाई है सर ब्राउन है अच्छा गा गा। फिश फिश कढ़ाई है सर ये फिश कढ़ाई है ठीक है ये फिश कढ़ाई है ब्राउन कढ़ाई नहीं सर अभी और ऑर्डर नहीं है बनाई कुछ तो अच्छा और क्या आपके पास यहाँ पे अभी अभी मतलब फिश कढ़ाई यार। फिश कढ़ाई होती, होती है, है, है सर अपने पास प्राउंस कढ़ाई होती है लॉलीपॉप होते हैं सर ये तीन आइटम अपने पास ठीक है, है। आइए और वो अंदर क्या हो रही है सर आज भाई दिल्ली तो यहाँ पर सारा किचन एरिया है थोड़ा मनाना अच्छा सर ये पर मसाला वगैरह लग के इसमें सर तेल में फ्राई होती है फिश भी और मजीद है तैयार होने के लिए आई सर ये आ गई और दिखाएं हम तो ठीक ठाक है मसाला लगा मसाला लगाइएगा अच्छा ये, ये तो कौन सी कढ़ाई की सर ये फ्राई कहलाती है फ्राई कौन सी कढ़ाई नॉर्मल फ्राई जो होती है हाँ जि फ्राई इन मसाले मसाले चेंज होते हैं सर सोल्ट लगा के बाद मसाला फिर उसके बाद अच्छा वो मसाला अलग है ये जी सर वो अलग जी फ्राई का अलग है सर वो ग्रेल का अलग है ठीक है सर ये हमारा फ्राई का जो मसाला होता है ना सर ये पानी वाला मसाला है वो जो बारबेक्यू वाला होता है ना सर वो तेल का मसाला होता है अच्छा ये इसमें मतलब तेल जी। है डलब तो मतलब हाँ वो जो तेल होगा ना बारबेक्यू वाला वो जो आपने देखा सही उसमें तेल डलता है सर ये पानी का मसाला है जी वो अलग टेस्ट है ये अलग टेस्ट है ये फ्राई में होता है वो अच्छा एक फ्राई फ्राई कर सर ये बाहर से जब लाओगे तो सर चार सौ किलो और हमारी मछली जो जी हमारी, हमारी हर एक चीज़ होगी तो सर अब मुख्तलि प्लेट है सर मुख्तलि फिश है प्लेट है अच्छा डिफरेंट फिशेस अभी ये फिश हमारे पास है सर ये हज़ार रुपये किलो हम लोग पका के तैयार कर इसमें ये होगा मसाला वगैरह हर एक चीज़ जो है आ जाओ सर देख ना भी तैयार हो चुकी है जैसे करें बहुत ही खुशबू तो तो आ रही है वाह का भी अच्छा माशाल्लाह और खुशबू तो गए अच्छी माशा मैं तैयार थी जिंगा तो देखे दे दे दे वीडियो लगा जोड़ जो लगा। सर आज और सर प्राउंस तैयार हो गए अच्छा ये कौन सी है भाई तैयार सर ये है ठीक है सारे मसाले भी दिखाना बेटा सर ये खुश होगा सर उसके बाद फिर मसाला वगैरह सारा बनाएंगे सर इसमें मसाले वगैरह सारे यही पड़ेंगे अदरक ये भी देंगे सर कटर अभी इसके बाद थोड़े तो मसाले लगेंगे इसके बाद है हाफ फ्राई के बाद जी ऑयल कितना का दें अच्छा कितना ये वेट क्या है एक पाव है एक पाव बन रही है सर एक पाव कढ़ाई एक पाव, पाव कितने की है सर ये चौदह सौ रुपये किलो है सर शुरू कर चलिए यह अभी सर वहाँ से पक के यहाँ से ट्रेन में आ गए ये तैयार हो गई जी सर तो भी आधा करना चाहिए शिफ्ट चले और फिर प्रॉन्स वगैरह प्रॉन्स भी आ रहे हैं ग्यारह लम्बर दी सो so, जी शाकिर कौन कौन से पीछे थे भाई सर आपने पास ये रेट्स ने है ठीक है और ये ये हीरा के आते हैं सर ये दोतर मुश्का ये दंडिया, ये कुंद है सर ये वाइट पापलेट सही। ये झिंगे है सर ठीक है ये रामा से फ्राई तो होने के बाद ये बारबी को बनाने में क्या क्या भी बता दो ज़्यादा अच्छा सर ये हीरा और ये धोतर जो है सर ये पंद्रह सौ रुपये किलो है पंद्रह सौ रुपये किलो जी ये और, कि और ये सर पंद्रह सौ रुपये किलो ठीक है ये बारह सौ रुपये किलो सर सौ ये नौ सौ रुपये किलो सर दंधिया जी ये रुपए के लिए व्हाइट पापलेट है जी सर अच्छा और ये, ये, ये पापलेट सर।, जी़। सर ये भी पंद्रह सौ रुपये किलो है सर ब्लैक पापलेट है अच्छा ठीक ये व्हाइट है सर वो ब्लैक है अच्छा प्राउन वगैरह के बताया ये क्या हिसाब सर प्राउंस फ्राई और बारबी क्यू बारह सौ रुपए किलो और कढ़ाई चौदह सौ रुपये अच्छा डाइनिंग हॉल के बारे में बताइए सर ये हमारी डाइनिंग है सर ठीक है यहाँ पर भी जगह है सर वहाँ पर सेपरेट जगह भी है सर मतलब तो ये सारा एरिया ये जी सर आपके बहुत है आगे अपने ये सर डाइनिंग की ये जगह भी है सर वो जगह वो वो जगह भी है सर अंदर भी जगह है ठीक अच्छा वही सामने ये जो सर वो अलग है सर ओके तो आप लोग आप लोगों को लो नहीं, नहीं सर, वो है जो उधर वाले हैं वो भी जबरदस्त तो बनेंगे वो वो जगह है वो तो नहीं सिंगल ही बड़ा है सर वो बड़े वाले हैं सर अच्छा वो भी दिखा रहे हैं ये भी दिखने वाले है। अच्छा ये कैसा लेके बारे में सूप भी है? जी है? सर ये सूप कढ़ाई दो हज़ार तो सर इसका लोली पॉप दो हज़ार रुपये किलो है सर और बार्बी क्यू दो हज़ार पंद्रह सौ रुपये किलो सर कढ़ाई दो हज़ार रुपये किलो सर अच्छा दो हज़ार इसका सर सूप वगैरह भी अवेलेबल है यहाँ पर क्या प्राइस है सर वो सूप साढ़े तीन सौ रुपये सर प्याला मिलेगा सर ये सामने ही सर आ वो भी आपको दिखा देते जाइए गुलाब जामुन वगैरह सर ये भी आपा आपा जाड़ाव जाड़ाव। सर एक ही है सर जी सर ये यहाँ पर सर देख ले सर अच्छा है सर भाई बनाओ ये कैप बना के दिखाओ कैसे ये बना रहे हैं क्या कितने कब दे रहे हैं ये साढ़े तीन सौ साढ़े तीन सौ रुपये का ये लाइव देखेंगे आइए आप थोड़ा क्रेप सूप होता है सर ये मेदे धमे वगैरह के लिए सर बहुत अच्छी चीज़ है सर अच्छा ये बारह महीने होता है ये सिर्फ सर्दियों को सर ये सीज़न में सर ये चीज़ सीज़न में होती है और हमारे रेस्टोरेंट जो है ना वो सर साल के बारह महीने होता है सर रमजान में भी अवेलेबल है तो ये सिर्फ इतना सर्दियों में सिर्फ सर्दियों में जी सर्दियों में ये होता है कि मतलब रश वगैरह ज़्यादा होती है तो इस वजह से ये चीज़ें आइटम चलते हैं ना और गर्मी में रश कम होती है तो इस वजह से ये नहीं होता है सर अच्छा ये कौन सा मसाला भाई सर काली मिर्च अच्छा और ये कौन सा एक बॉल दो बंदे बोले काफी है मैं स्पीट है से आपके हैं जी सर ठीक है डब्ल्यू ग्यारह का वाक है बता सर ये केमाड़ी एक लमर सर डब्ल्यू ग्यारह का आखिरी स्टाफ है सर और बंदरगा सर ये सामने ठीक है जी और टाइमिंग भी बता दी टाइमिंग सर हमारी चार बजे से रात के तीन बजे तक सर हफ्ता एतवार सर लेट होते हैं चार चार बजे तक होते हैं साढ़े चार तक और आम दिनों में चार बजे से लेकर रात के तीन बजे तक सर चलो बहुत शुक्रिया शाकिर थैंक यू जी कुछ लोग हमारे साथ बैठे हैं ये बताएँ कुछ खाने कुछ जी सर असल खाना कैसा रहा भाई आपका वाईक माशा बहुत जबरदस्त रहा है जो है ना वो खाया हमने झिगा कढ़ाई खाई है अच्छा और फिश भी खाई अच्छा बाकी ये है कि मैं सलसल आता रहता हूँ महीने में एक दो मरत इधर जरूर आता हूँ अच्छा और फिश दो से फिल्म में राशिद सी फूड भी आता हूँ ठीक है और तो बाकी जो नए फ्रेंड आते हैं उनको भी ले गया जी भैया आप बताएं कुछ खाना कैसा रहा माशा बड़ा बेहतरीन है आप कब से आ रहे हैं गेस्ट हूँ कैसे हैं आप कहाँ से आए हैं पंजाब से से मिया वाली वाली से मियाँ बात जी मार्शल जी, जी मेहमान है मियाँ से आए तो बताइए सर कैसे रहे आपको हमने झींगा कढ़ाई खाई है इधर तो माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया इधर फ्रेंड लेके आए मेरे को इधर बहुत तरीके से यहाँ पे यही करांग रहें मियाँ वाली मौज में अच्छा तो माशा मजा आया आपको बहुत बेहतरीन बहुत शुक्रिया आपका और आप भाई बताएँ जी कैसे रहा खाना अलैक्म अच्छा। जी माशाल्लाह बहुत प्यारा खाना इन्होंने इधर दिया है तो मैं तो इधर काफ़ी टाइम नौ साल से तकरीबन कराची में मुझे हो गए अच्छा वैसे तो अब तो बाहर से हूँ लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना है इनका खाना भी बेहतरीन है और रेड्स भी अच्छे हैं सही है हाँ चले बहुत बहुत शुक्रिया सर दोस्तों उम्मीदें आपको वीडियो पसंद आई होगी फिर मिलते हैं किसी